कितना बिजी है लोग किसी के पास गर्लफ्रेंड है किसी के पास एक से क्या हम ही है क्या अकेले जो जिंदगी में रिलैक्स है